संसार प्यार मेरा प्यार लिए है। तू है, जग मे दूत जैसे मेहता जैसे रू है तो तू है तो ki kya thi laalay main khoyi hui hai kaun mera le gayi main khud se छोड़ा होगा मकने भी सु है तू ये कौन कहने मेरी कौन है तू बोली I'll be there.